जैन साथियों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में तो कहते हैं कि देर लगेगी मगर सही होगा देर लगेगी मगर सही होगा जो चाह है वही होगा जो चाह है वही होगा दिन बुरे हैं साहब ज़िंदगी नहीं दिन बुरे हैं साहब ज़िंदगी नहीं तो चलिए आज करते हैं आज आज अपने साइंस के धमाकेदार प्रश्नों को लेकर के और मैं हाज़िर हूँ एक बार फिर से आपके बीच में तो चलिए आज आवर साड़ी से जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको सामने लेकर आया हूँ और इससे पहले जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद प्ले लिस्ट जाकर हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए भाई पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो कौन सा है तो इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन क्या है इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है O2 इसका आंसर बनेगा और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आठ होता है और ये जीवनदायनी गैस है या प्राण वायु इसी को कहा जाता है तो इतनी सी बातें आपने सीख ली हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु अभी हमने क्या पढ़ा तत्व तो पढ़ा था ठीक है और ये कैसी ये आधातु थी जो गैस होती हैं सभी गैसें कैसी आधातु हैं लेकिन अब पूछ रहे हैं तत्व तो यानी धातु पूछ रहा है क्या पूछ रहा है मेटल पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सा मेटल पाया जाता है तो वो है यह एल्यूमिनियम क्या है एल्यूमिनियम और इसका जो एटॉमिक नंबर है थर्टीन होता है कितना होता है थर्टीन होता है जो कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर अपने मौजूद है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आपके लिए पेपर में छप सकता है ठीक है तो देखिए कि वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है तो याद रखें वो है पारा कौन सी है पारा अगर धातु पूछे तो पारा ही होगी कौन सी पारा ही होगी इसको कहते हैं एच या मरकरी कहा जाता है इसे ठीक है और इसके इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो अस्सी होता है क्या एटीन होता है इसका एटोमिक नंबर और इसको कहते हैं क्या मरकरी ठीक कभी कभी मरकरी देगा पारा देगा पारद देगा या फिर एच करके देगा और धातु में ही पूछेगा कि कमरे के ताप में तापमान पे कौन सी ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में रहती है लिक्विड फॉर्म में पूछता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है तो ये का पारा ही होगा ठीक है तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है आपका विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चालकता यह सबसे ज़्यादा चमकदार धातु कौन सी है ठीक तो ये आपकी चांदी क्या हो जाएगी चांदी हो जाएगी जिसको कहते हैं सिल्वर यानी कि एजी जी इसका परमाणु क्रमांक एटोमिक नंबर होता है 47 होता है तो याद रखें जो चांदी होती है ये कैसी सबसे अधिक विद्युत की सुचालक है ठीक है विद्युत की सुचालय यानी इलेक्टिविटी इसमें कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है क्या होती कंडक्टिविटी इसमें सबसे ज्यादा होती है इस वजह से इसका उपयोग जो आपके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का सामान होता है उसको बनाने में जो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है धातु इस वजह से नहीं करते हैं इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता, आता है आपका कॉपर आता है इसीलिए कॉपर का उपयोग विद्युत के सामान को बनाने में कर लेते हैं लेकिन चांदी बहुत महंगी होने की वजह से नहीं करते हैं ठीक है जबकि सबसे ज़्यादा जो सुचालकता होती है किसी में चांदी पाई जाती क्लियर है तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर है अगला प्रश्न आधुनिक आंवर साड़ी का सार क्या है यानी कि कह रहा है आधुनिक आवर साड़ी जो मॉडर्न पीडियोड टेबल है इसको किस आधार पर बनाया गया है तो हम फिर पीछे चलते हैं कि आपको बताया था कि सबसे पहले आपके डोबे नायर जी आए उन्होंने तीन तीन करके बर्गों को बनाया और कहा कि आपकी इस तरीके से तत्वों को रखा जाएगा इसके बाद फिर आपके आ, कौन आए इसके बाद आपके न्यूलैंड अष्टक जी आए उन्होंने बताया कि तत्वों को आठ आठ क्रम में रखा जाए यानी सात को रखो इसके बाद जो आठवां तत्व होगा उसका पहला सात में से मैच करेगा यानी कि जो पहला और आठवां वो बार बार उसको रिपटेशन करेगा ए भी फैल हो गया इसके बाद आपके आए मैंडलीफ जिन्होंने आवर साड़ी की संज्ञा दी और इन्होंने बताया कि आवर साड़ी को परमाणु भार के आधार पर रखो लेकिन ये भी आप ये भी फेल हो गए हैं ना इनको तत्व इन्होंने तत्वों को जो तो सही से नहीं रख पाए इसके बाद आपके जो आधुनिक आवर् साड़ी है इसको दिया आप मोजले जी ने और जो कि आज भी ये आप ही चल रही है और आधुनिक आवर्स साड़ी का जो सार है वो है उनके जो तत्व रखे गए हैं जो एलिमेंट है उनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा गया है जैसे पहले एक फिर दो फिर तीन चार ठीक है तो क्या होगा इसका होगा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको रखा गया है ठीक है तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा आवर्त अभी अधूरा है ठीक तो ये क्वेश्चन है आपके सात की कौन सा आवर्त अभी अधूरा है तो याद रखेंगे आपका जो सातवां आवर्त है ये कैसा अधूरा है सातवां आवर्त आपका अभी अधूरा है ये कम्प्लीट नहीं है इस पर अभी कुछ तत्वों को छोड़ा गया है नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है आपका कि छठे आवर्त के बाहर रखे गए तत्वों को क्या कहा जाता है तो फिर से आवर्त साड़ याद करिएगा मैंने बताया था कि आपके जो एस पी और एफ ये ब्लॉक थे और इन ब्लॉकों के बाद मैंने एस को बताया कि आपके बाएँ ओर होता है पी दाईं ओर होता है डी बीच में फंसा होता है और एफ़ नीचे सोया होता है ठीक तो ये सोए हुए जो रहते हैं वही होते हैं क्या वही सातवें आवर्त जो छठा और सातवां आवर्त है ठीक उसी से बाहर निकल के वो सो गए होते हैं और ये एफ़ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और कहते हैं लेंथे क्या कहते हैं लेंथे कहा जाता है और इसी को कहते हैं दुर्लभ मृदा क्या कहते हैं दुर्लभ मृदा धातु ठीक या तत्व कह सकते हैं तो और ये छठ में आवर्त को कहा जाता है छठवें आवर्त के हैं ये अगर सातवें आवर्त की बात करें जैसे अगला प्रश्न है सातवें आवर्त के बाहर रखे गए तत्वों क्या कहते हैं तो ये होता है लेंथेन, लेंथेनाइट हो गया ये होता है एक्टेनाइट क्या होता है एक्टे इट्स होते हैं और ये रेडियो सक्रिय होते हैं कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं याद रखना है क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन सा <चीफ> आवर्त है जिसके तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं तो सातवें आवर्त के जो तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं तो याद रखेंगे रेडियो एक्टिव तत्व किस में पाए जाते हैं ये आपके सातवें आवर्त में पाए जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कौन सा आधातु तत्व तो विद्युत का सुचालक होता है तो देखिए इससे पहले जो विद्युत की जो हमने मेटल की प्रॉपर्टीज बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी धातु होंगे सभी आपके विद्युत के सुचालक होंगे और उनमें चमक आती है वो ध्वनि उत्पन्न करते आघात वर्णीनता के गुड़ पाया जाता है ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी मेटल की बताई थी ठीक और जबकि इसके विपरीत हमने नॉन मेटल बताई थी विद्युत के सुचालक होंगे ये इनमें चमक नहीं होगी ये जो है तो दुधध्वनी उत्पन्न नहीं करेंगे ठीक ये छड़बंग मतलब कि टूटने में आसानी होती है इनके तो ये सब हमने बताए थे तो अब इसमें धातु पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा धातु है कि जो विद्युत का सुचालक होता है तो यहाँ पे एक लोचा है तो क्या है कि ये आपके कार्बन का अपर रूप होता है क्या होता है कार्बन का अपर रूप होता है इसको कहते हैं ग्रेफाइट क्या कहा जाता है इसको ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट ठीक और ये कार्बन का अपर रूप होता है इसका एक अपरूप और होता है उसको कहते हैं हीरा है ना जो कि आपको आवर साड़ी में देखने को नहीं मिलेगा दोनों चीज़ें ये अपर हैं ठीक है तो ये कहाँ मिलेंगे इसके अपर हैं और हीरा आपका क्या है सबसे अधिक कठोर तत्व पाया जा कठोर तत्व होता है और जबकि जो ग्रेफाइट है सुचालक है ठीक है एक अपवाद है ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कहता है सब सबसे अधिक आघात वर्धनी तत्व कौन सा है यानी ऐसा तत्व तो जिसको चाहे जितना मारो चाहे इतना पीटो बेशम है वो ठीक बढ़ेगा बढ़ेगा यानी कि चाहे इतना उसको पीटो मारो कुछ भी करो वो तो बढ़ता ही रहेगा ठीक है तो वो है सोना क्या है सोना बाबू है ना तो ये आपका सोना बाबू तो ये इसको चाहे जितना मारो पीटो वो बढ़ता ही रहता है ठीक है यानी आघात वर्धनी है इसी वजह सोने के जो चीज जो आभूषण बनते हैं दस ग्राम सोने से आप कितनी बड़ा जो तो आ, आ, कोई भी चीज़ बना सकते हैं ना तो यहाँ पे सोना इसका प्रतीक होता है ए होता है और इसका परमाणु क्रमांक सेवेंटी होता है ठीक है, है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्रिय, उत्कृष्ट इनर्ट और नोबेल ये कोई भी नाम मिले आपको क्या करना है आंसर अठारहवा वर्ग टिक करना है ठीक है तो इसका किस नाम से जाना जाता को है अठारहवें वर्ग कह सकते हैं या फिर शून्य वर्ग कह है सकते हैं क्या कह सकते, है? है सकते हैं सून वर्ग कह सकते हैं क्लियर तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है एस ब्लॉक के तत्व हाँ एक चीज़ और कि जो अठारवाँ वर्ग है ये फुलफिल होता है इसमें जो तो आप ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना किसी से ले सकते हैं ठीक ये अपने आप में परिपूर्ण होता है ये किसी से क्रिया ही नहीं करता है मतलब कि नॉन रिएक्टिव होते हैं जितने भी इसमें अठारवाँ जो वर्ग है आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं ये पूरे फुलफिल होते हैं इस पर ना हम दे सकते हैं इसको ना ले सकते हैं ठीक तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स को दे, लेने देने की जो क्रिया होती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधता कहते हैं ठीक है तो अक्रिय उत्कृष्ट हो गया है ये एस ब्लॉक में एक ऐस ब्लॉक में एकमात्र अधातु तत्व तो। कल की बात है जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आपके जो एस ब्लॉक है उसमें आ, आपके क्षारीय धातु यानी कि एल्कल मेटल और मृदा धातु ठीक है एल्कलाइड मेटल हमने बताया था इनको ये पाए जाते हैं एस ब्लॉक में तो ऐस ब्लॉक में लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब तत्व थे ठीक है और दूसरे में थे आ, बेरेलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह लेकिन इसके साथ एक ऊपर था कौन सा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन वो अधातु है जो यहाँ पे पाया जाता है किसमें एस ब्लॉक में तो यहाँ पे एक आंसर करेंगे क्या हाइड्रोजन आपका आंसर होगा भैया हाइड्रोजन यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है कि बेरियम और स्टानशियम आपने देखा होगा कि होली तो नहीं होगी दशहरा होता है दिवाली होती है उसमें खूब पटाखे छुड़ाते हैं बारू चलाते हैं शादी ब्याह रहता है तो उसमें खूब खूब सारे जो तो विस्फोट किए जाते हैं तो बिस्फोट जब होता है पटाखों का तो उसमें लाल और हरे रंग की जो प्रकाश निकलता है वो किस कारण से निकलता है वो होता है भैया बेरियम और स्टांसियम तो हरा जो होता है आपका ये होता है बेरियम के कारण किसके कारण होता है हरा होता है बेरियम के कारण होता है हरा किसके कारण बेरियम और जो लाल होता है ये होता है स्टानशियम के कारण स्टांशियम के कारण ठीक है स्टानशियम के कारण कौन सा होता है लाल तो याद कैसे रखेंगे भैया बेर हरे होते हैं कैसे बेर आप जब खाते हों खाते होंगे तो आप कैसे कैसे अच्छे लगते खाने में हरे वाले बेर अच्छे लगते हरे बेर ठीक है तो हरे बेर हरा रंग बेरेलीम ठीक लाल स्टांसियम ठीक तो अगले प्रश्न पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि तत्वों का कौन सा समूह एक क्वेश्चन ऊपर है सोडियम या मैग्नीशियम में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है सोडियम या मैग्नीशियम में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है तो देखिए इसको कैसे पता कर सकते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम भाई ये दोनों एसिब्लॉक के ही तत्व हैं लेकिन ये परमाणु क्रमांक के आधार पर इनकी जो सक्रियता है वो पता कर सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम सोडियम होता है इसका होता है दो आठ और एक होता है ठीक है और इसके बाद जो मैग्नीशियम होगा एन होगा ये आपका होता है दो आठ दस हो गया और लास्ट में जो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना बारह होता है इसका बारह होता है इसका ग्यारह होता है तो यहाँ पर कितने दो तत्व बचते हैं लास्ट में यानी कि ये इसको चाहिए छः तत्व और ये ये क्या करेगा ये तत्व ले लेगा ये क्या करेगा ये तत्व ले भी सकता है दे भी सकता है लेकिन इसको ले, ये लेगा नहीं क्योंकि इसका स्टेक पूरा नहीं होगा तो ये क्या करेगा दे देगा तो ये तुरंत दे के दूसरे में चिपक जाएगा ठीक है तो ये होता है होता क्या है इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है कि मेरे पास मुझे कोई चीज़ खरीदनी है मान लो कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है वो बीस रुपए की आ रही है मेरे पास अट्ठारह रुपए हैं तो आप मित्र से कहेंगे ऐसा करिए हम, आप हमें दो रुपए दे दीजिएगा हम उधार ठीक तो आप दो रुपए ले लेके बीस रु, बीस रु, रुपए की चीज़ ले ले सकते हैं ठीक है लेकिन अब किसी के पास दस रुपए हैं वो सोचे कि मैं बीस रुपए की चीज़ ले लूँगा तो क्या उसको दस रुपये उधार मिल सकते हैं तो उसको दस रुपये उधार मिलना बड़ी बात है मतलब कि नहीं मिल पाएंगे लेकिन आपको दो रुपए आसानी से मिल सकते हैं या फिर आपके पास उन्नीस रुपये हैं तो एक दो रुपये आपको लेना है तो आप ले सकते हैं ठीक तो इसी तरीके से समय होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कि यदि आपके पास ज़्यादा कमी है तो आप पूरी करने में थोड़ा हिचकेंगे सोचेंगे कि यार पता नहीं मिले ना मिले लेकिन एक आध रुपए की बात है तो आप आराम से जो तो किसी से मांग सकते हैं ठीक है वो आदमी दे भी देता उधार कुछ कहता भी नहीं ठीक तो चलिए भाई अगला प्रश्न है आपका कौन सा तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें आपका सोडियम हो जाएगा आंसर कर लेंगे इसका सोडियम हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और एस ब्लॉक में पाया जाता है नेक्स्ट आपका डी कौन सा तत्व तो रेडियो समूह रेडियो एक्टिव कहलाता है ठीक है कौन सा ऐसा जो आवर साइड समूह जो रेडियो एक्टिव कहलाता है तो अभी हमने बताया था कि सातवें आवर्थ का जो एक्टिनाइड होता है ग्रुप एफ ब्लॉक में वो आपका रेडियो एक्टिव कहलाता है ठीक है सातवें आवर्थ का जो एफ ब्लॉक है और रेडियो एक्टिव कहलाता है इसको कहते हैं एक्टेनाइड कहा जाता है क्या कहते हैं एक्टिनाइड बोला जाता है नेक्स्ट है डी ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाते हैं तो डी ब्लॉक में आपके चालीस तत्वों को रखा गया कितने तत्वों को चालीस तत्वों को रखा गया है डी ब्लॉक में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पी ब्लॉक में कि कुल कितने तत्व रखेंगे तो पी ब्लॉक में भैया आपके इकतीस तत्व रखे गए हैं कितने इकतीस तत्वों को रखा गया है तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका भैया अगला क्वेश्चन है कि अक्री गैसों को किस ब्लॉक में रखा गया है तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि अक्री गैसों को किस ब्लॉक में रखा गया है तो ये अठारहवा है है ना हमने बताया था कौन सा अठारवा वर्ग है और ब्लॉक पूछे तो पी ब्लॉक है कौन सा है पी ब्लॉक है अकड़ी गैसों को किस ब्लॉक में रखा गया पी ब्लॉक में लास्ट वाले में ठीक है अठारहवें वर्ग में पी ब्लॉक में और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं तो एस पी जो बीच वाले हैं डी उसी को तो संक्रमण तत्व बोला जाता है तो आपका डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण तत्व कहते हैं इसी को ट्रांजिशनल तत्व भी बोलते हैं नेक्स्ट है किस ब्लॉक में धातु अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तो आपको बताया चु, बता चुके हैं मैं पहले कि ये पी ब्लॉक है कौन सा है पी ब्लॉक है उसमें धातु अधातु और उपधातु सभी पाए जाते हैं ठीक है तो देखिए दोस्तों ये था आपका कुछ प्रश्न थे अभी इसके प्रश्न और भी बाकी हैं उसको अभी आगे करेंगे चलिए यहीं तक रखते हैं